तो भाई राजकीय मॉडल में भी सिर्फ मीडिया टाइप और खेलों के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स भी देना चाहूँगा और थोड़ी बहुत जानकारी भी देना चाहूँगा क्योंकि जल्दी से जल्दी मूव ऑन करना है आपको कि किस तरह से टूल्स वगैरह वर्क करते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो कि आपको ना दे सकूँ तो गाइज़ ये क्लियर करने के बाद उसके बाद जंप करेंगे किस तरह से टूल्स वगैरह वर्क करते हैं और उसके बाद कुछ क्रिटिकल्स मॉडल्स जो हैं अभी तक मार्केट में उनके बारे में भी बातचीत करेंगे और प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो अभी मैं जस्ट ऊपर की थ्योरी थोड़ी क्लियर कर लेते हैं उसके बाद सिंपली बहुत सारे डिवाइस में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ जिससे आपको लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा समझने में क्योंकि इसके बाद उन प्रैक्टिकल आप आपको दिखाऊँगा तो बहुत ज़्यादा ईजी होगा क्लियर समझना और आसान होगा आपके लिए काम करना तो गाइज़ इस वाले मॉडल्स में आपको दो से तीन टिप्स बताना चाहूँगा और बाना चाहूँगा किस टाइप से आपका कोई मॉडल अगर आपको नहीं मिलता किसी भी टूल के अंदर चाहे आप एम यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी टूल यूज़ हो तो उसका क्या सोल्यूशन है आप किस तरह से उस मॉडल को छोड़कर दूसरे मॉडल में मूव ऑन हो गया अपना मॉडल्स जो है वो ट्राई कर सकते हो तो वही सिंपली बात करते हैं कि फ्री के टूल से आप क्या क्या कर सकते हो सबसे तो तो पहले मैं आपको बताना फ्री के टूल्स मतलब लॉन्च कर गए हैं क्वेलकॉम के लिए, और के लिए आप उससे आप क्या क्या कर सकते हो तो एक टूल से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो ठीक है ए, ए, किसी भी एक टूल से सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से फ्री के टूल्स हैं मीडिया टाइप और क्वेलकॉम के लिए क्वेलकॉम के लिए की टूल्स एस है जो आप सभी को पता है और एम के लिए ए सी प्लस है जो आप सभी को पता है कि हम एसी प्लस टू से क्या क्या काम कर सकते हैं सिक्योरिटी आप सभी को पता है एम के, के लिए डी और ओथ्थ डी ए तो ठीक है ओथ बाईपास हो चुकी है क्वेलकॉम के लिए प्रोग्रामर फायर हॉस चाहे एम बी की हो या ई एल ए में हो ठीक है योग क्लियर उसके बाद करते हैं कि आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो किसी भी टूल से जब आप कोई टूल खरीदते हो तो आपको क्या क्या उम्मीद रहती है उस टूल से सबसे पहले आपकी रहती है फ्लैशिंग कर सकते हो अनलॉकिंग आप चाहते हो कि हम अनलॉकिंग कर सकें उसके बाद रहता है फाइनवेयर रीडिंग का कि हम उसमें से फाइनवेयर रीड कर सकें एनवी डाटा प्रोटेक्ट कर सकें मीडा टाइम में आई नी को एनवी डाटा बोलते हैं और एनवी डाटा रीड कर सकें ठीक है क्योंकि मैं आप क्या क्या उम्मीद रखते हो फ्लैशिंग अनलॉकिंग फाइनवेर रीडिंग क्योंकि उसी रीडिंग यानी मॉडल फ्लैश फाइल ऑलमोस्ट जो ज़्यादातर काम पड़ता है वो फ्लैशिंग का और अनलॉकिंग का पड़ता है वैसे तो मैं आपको ये भी बताऊँगा एफी फ्लैश टू से लेकिन ये फाइनवेयर रीडिंग का ना प्रोसेस बहुत अजीब और बहुत ज़्यादा आ, लंबा चौड़ा हो जाता है शायद इसको कोई करेगा नहीं बताने के बाद भी क्योंकि ये काफ़ी मैन्युअली तरीके से होता है ठीक है एनवी डाटा प्रोटेक्टिंग और एनवी डाटा रीडिंग उसके बाद ये सब फ्लैशिंग अनलॉकिंग वगैरह तो यहाँ पे देखो मीडिया टाइट का क्या है क्वेलकॉम में का जस्ट कैलकम का फ्री का जो टूल है वो है क्यूसीन ठीक है क्यूसीन टूल याद रखना शायद आपको देखा भी चाहूँगा तो यह है क्यू टूल ठीक है क्यूसियन क्या सॉरी क्यू टूल तो क्यू में क्या है मतलब केलकॉम के अंदर आप फ्री के टूल से उनके टूल्स के पार्टीशन रीड करके अपने हिसाब से अगर आपके पास प्रोग्राम है ठीक है ट्वेल्थ सिक्योरिटी क्रैक नहीं हुई है अगर आपको जो भी फाइल फॉर्मेट करनी होगी अगर आपको मैं स्क्रीन लोगों के यूजर डाटा फॉर्मेट करना होगा और एफआरपी है तो एफआरपी की इमच फाइल या फिर कॉन्फ़िगरेशन की एच फाई जबकि एस फ्लैश टूल फ्री वाले टूल में ऐसा नहीं है आप रीड नहीं रीड करके टारगेट नहीं कर सकते अगर आपको एड्रेस पता हो तो टारगेट कर सकते हैं अब मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ सबसे पहले बात करें दोनों की सिक्योरिटी जो मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ ये डी डीए डाउनलोड एजेंट और ओथ फाइल ठीक है विदाउट डाउनलोड एजेंट के मान लो कोई ऐसी फाइल है जो आप फॉर्मेट कर देते हो गलती से ठीक है और वो है सिक्योरिटी की फाइल कोई भी फाइल है जैसे कि वीवो के अंदर कस्टम हो गई और ओपो रिओपो रियलमी के अंदर मीडिया टेक ओप्पो रिवर्स इमेज हो गई जब प्रैक्टिकल आएगा तो आप इजिली समझ पाओगे और ये वाला जो सेक्शन है इसका ओथ फाइल ओथ वाला ये तो बाईपास हो चुका है ठीक है जबकि कोलकॉम के साथ कोलकॉम से सिंगल सिक्योरिटी है जो कि प्रोग्रामर फायर ये अभी तक क्रैक नहीं हुआ अगर ये फाइल है आपके पास तो ही एक्सेस मिलेगी नहीं तो कोई भी फोन को फ्लैश ऑनलॉग नहीं कर सकते जबकि मीटा में कोई भी फ़ोन हो ऑलमोस्ट अभी जो नए कुछ चिपसाइट अभी लॉन्च हुए हैं मीटा टैक उनका शायद अभी कुछ प्रॉब्लम है उनमें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट आपकमिंग मॉडियो में तो मीटा के ऑलमोस्ट जितने भी डिवाइसेज हैं उनको आप अनलॉक कर सकते हो आपको कोई भी सिक्योरिटी फाइल्स की जरूरत नहीं है एमसीटी सी टी बाईपास होगी मीडिया टेक के लिए बहुत सारे टूल्स मार्केट में आ चुके हैं फ्री वाले अभी मैं आपको फ्री की बात कर रहा हूँ ठीक है ये प्रोसेस हो गया सिंपली अब आपको ये की है ठीक है ये दोनों ये प्रोग्राम और पैर बोल इसकी डाउनलोड एजेंड इसकी है अब आपको ये की डालने के, के बाद आपको क्या एक्सेस्ट करना होता है जिसमें मान लो आपने मीडिया में की डाली तो उसमें आपके फोन के अंदर पार्टीशन होते हैं यूजर डाटा होगा जिसमें आपका स्क्रीन लॉक होगा पासवर्ड होगा और बहुत सारे फोटोज वीडियोज़ बहुत सारा मटेरियल इसके अंदर होगा एफ होगा जो आपने एफ आरो देखा होगा गूगल लॉक जो लगा था फैक्चर रेसे प्रोटेक्शन ये एडवांस लेवल मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं थोड़ी इजी लेंगे यूज़ कर रहा हूँ यहाँ मैं बार बार रिपीट कर रहा करूँ जिससे आप के लिए इजी हो थोड़ा टी एम ये, ये सारे मैंने आपको समझाने के लिए रखें सेम मिलेगा डाटा होगा जिसके अंदर आपको स्क्रीनॉक मिलेगा ई एस होगा मीडिया टेक में, डेटा में आई बी फाइल होती है इसमें ई होता है ठीक है याद रखना तो फॉर एक्जाम्पल क्वेलकॉम में तो आप फोन के अंदर झाक सकते हो कि कौन से वाले पार्टीशन को फॉरवर्ड करना है क्यूफी फ्री वाले टूस है जबकि मीडिया के फ्री वाले टू से ऐसा नहीं है तो इसमें आपको जाने के दो ऑप्शन है डाउनलोड एजेंट के थ्रू भी आप जा सकते हो और फाइल के थ्रू भी जा सकते हो डाउनलोड एजेंट में क्या है डाउनलोड एजेंट में आपको डाउनलोड एजेंट की फाइल चाहिए होगी ओथ की ओध की में क्या है कि की में आपको कोई की नहीं चाहिए होगी हमारे पास हो चुका है तो यहाँ पे आसान आपका की है डाउनलोड एजेंट के थ्रू जाना वो भी सिर्फ अनलॉकिंग के लिए बेटर नहीं है फ्लैशिंग में आपको डाउनलोड एजेंट की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल अगर आपको सारी फाइल से फ्लैश करना होगा अगर आप फॉरवर्ड कर चुके होंगे अपने फोन को उसके बाद बिना डाउनलोड एजेंट के आप अपने फोन को फ्लैश नहीं कर पाओगे कोई एक फाइल को अगर आप अनटिक करोगे तो उसको अनटिक का मतलब अनमार करोगे तो फोन आपका ऑन नहीं होगा तो सबसे पहले ओथ फ्लैश चेक कर लिया करो अनलॉक टूल में जाने के बाद अनलॉक टूल डॉट नेट में सपोर्ट मॉडल में जाकर आप चेक कर लिया करो कि मॉडल में ऑथ फ्लैश सपोर्ट है या नहीं अगर ऑथ फ्लैश सपोर्ट मिले तो खुल के काम करा करो ना मिला करे तो फिर भी इतना रिस्क मत लिया करो क्योंकि आपको अपनी जेब से पैसा भरना पड़ सकता है तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मैंने आपको पता है यहाँ पर स्क्रीन लोग यहाँ परफ़ आर पी एम तो ये वेरीफाई करता है एक फाइल होती है एक फाइल होती है इसमें आपटवे फाइल है वहीं पर कल्कूँ केल्कूँ में आप अभी तक को भी सिक्योरिटी बाई नहीं हुई इसके अंदर आपको कि लगानी लगानी पड़ेगी जबकि बेटा टेक में आप ऑथ बाईपास करके घुस सकते हो ठीक है तो अब हमें क्या करना है फ्री वाले टूल में तो हमें ऐसी टूल में तो इस टाइप का मिलता मिलता नहीं है कि हम अपने फ़ोन के पार्टीशन को झाँक के जो हमारा मन करे उस पार्टीशन को अटैक कर सकें तो हमें क्या चाहिए होगा हमें इसका एड्रेस चाहिए होगा अब हमें इसका एड्रेस मिला और हमने यहाँ से अपना रॉकेट थोड़ा एफ के लिए और वो मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे आपने इसको अटैक करा सीधा एफ आई पर और इसको फॉर एग्जाम्पल अगर एड्रेस ये वाला एड्रेस जो आपने इसको दिया है तो वा आपका अटैक हो जाता है यूज़ा डाटा पे अगर मैच हो गया ये वाला एड्रेस यहाँ से मैच हो गया ऐसा होता नहीं है दो से तीन परसेंट चांस ओनली क्योंकि बहुत कम चांस है कि कोई एड्रेस मैच हो और बहुत ही कम चांस है कि कोई एड्रेस मैच होके किसी और फाइल को टारगेट करे क्योंकि एफआरपी वाले ये जो फाइल होगी ये जो भी कोई एड्रेस होगा वो बहुत ही कम चांसेस होगा फेल बता देगा आपके में लेकिन दूसरे किसी टारगेट कर सकता है एक परसेंट चांसेस अगर आपने मॉडल गलत फाइल डाउनलोड कर ली होगी कोई दूसरा गलत मॉडल डाउनलोड कर लिया हो तो याद रखना बिल्कुल सेम पार्टीशन की फाइल डाउनलोड करनी है फॉर एग्जाम्पल कि आपने आपका मोबाइल है भी वो v9 आपने फाइल डाउनलोड कर ली वी सेवन की आपको लगा कि मेरा मोबाइल है v7, उसमें आपको एड्रेस आपने फ्लैश फाइल में से निकाला इसका एड्रेस ठीक है एड्रेस कहाँ से निकाला मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें से आपने इसका एड्रेस निकाला अब ये तो है छोटा सा ठीक है फॉर एग्जाम्पल और उसका एफ एड्रेस है बड़ा फॉर एग्जाम्ल आपने यहाँ से रॉकेट पर अटैक करा तो इतने बड़े एरियम अटैक करेगा तो उसमें आपका यूर डाटा का भी नुकसान होता है डी वेरीफाई इमेज का भी नुकसान हो सकता है याद रखा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ तो बेटर है कि आप एक बार अलोकपुर में जाओ और फ्लैश सपोर्ट देखो उसके बाद करो खुल काम रिस्क नहीं है फिर भी आ, क्या फायदा कि आपको कोई छोटा सा काम किया तो आपको कस्टमर को अपनी पास अपनी आपको से पैसे भी देने पड़ेंगे या फिर आपको फोन को रखना पड़ेगा दस से पंद्रह दिन या महीना टाइम लग जाता है कम से कम किसी भी टूल में डी लाने में या फिर आपको प्रोग्राम करवाना पड़ेगा या करना पड़ेगा ठीक है ई एम सी निकालिए फ्री करना पड़ेगा तो इसीलिए थोड़ा तरीके से काम करोगे तो आपको इजी होगा काम करना तो मैं आपको बता देता हूँ ये एड्रेस किस टाइप का होता है ये एड्रेस कहाँ पे होता है फॉर एग्जाम्पल कई बार हमको एड्रेस नेट पे मिल जाता है एड्रेस नेट पे निकालने के लिए आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला एफ आर पाइल स्क्रीन लोग फाइल अगर आपको कोई छोटी सी फाइल मिल जाती है उसमें आपको एड्रेस मिल जाता है तो आपका डाटा बचेगा अगर आपको नहीं मिलता तो आपको कम्प्लीट फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी फ्री वाला जोड़ा बता रहा हूँ ठीक है बाकी पेड का तो बहुत तरीका है आपको फ्लैश फाइ डाउनलोड करनी पड़ेगी डाउनलोड के बाद आपको सिंपली यहाँ पे फाइन करना होता है ये बहुत सारी इमेज फाइल्स हैं ये देखो यहाँ पे बहुत सारी इमेज फाइल मिलेंगे पार्टी एम एच फाइल यू होगा डाटा फाइल बहुत सारी एमजफाइन मिलेंगी इन सबका एड्रेस होगा ठीक है ये एड्रेस है और ये एड्रेस है अब हमने अपने एस फ्लैश टूल में गए ये वाली केटर वाली फाइल दी उसको और उसके बाद ये वाला एड्रेस टारगेट मारा और इसने क्या करा मैं आपको दिखा देता हूँ हम वे सिंपली एस फ्लैश टूल में फिर एस पी एस स्कूल में फ़ॉर्मेट में गए फॉर्मेट में जाने के बाद हमने ये रहा बिहन एड्रेस इसको कॉपी करा बिहन में ऊपर डाल दिया लास्ट एड्रेस को नीचे डाल दिया प्रैक्टिकल का टाइम आएगा मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपके लिए इजी होगा समझना और आई थिंक ये आप कर भी चुके होंगे लेकिन फिर भी वीडियो स्कप में करना कुछ जानकारी आपके काम की होगी इसके अंदर ये हमने डाला एड्रेस तो इस टाइप से आप एड्रेस डालिए अटैक कर सकते हो एफ आर पी वाली को आपको सीखिए एम सी टी ओपन कर देना है बाईपास करना है और स्टार्ट कर दवा देना है क्योंकि वहाँ से और बाईपास होगा यहाँ से सीधा फॉर्मेट से हो जाएगा खत्म ठीक है ये हो गया मैनुअली फॉर्मेट करने का अगर हमें एफ पी फैसल ऑप्शन देता जैसे हमें क्योंकि ऑप्शन देता है कि हम फोन के पार्टीशन को छाक सकते हैं तो हम हमारे लिए इजी हो जाता हम में ये फाइल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हम सीधा और बाईपास करवाते फ़ोन के अंदर पार्टीशन घुस जाते हैं और उसके बाद हम अपनी मर्जी का जो भी हमें रिमूव करना होता उसको फॉर्मेट कर देते हैं और हमारा एफ आर पी जो हो जाता तो यहाँ पे आई होप कि मैं आ, आप समझ पा पाँगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर हमारे पास पार्टीशन कितने यहाँ पर हमारे जूता डाटा एफ आर और बहुत सारे पार्टीशन है बहुत सारे ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए रखें तो फ्री में तो हमें इसका जुड़ नहीं मिलता ठीक है फ्री में आप डायरेक्ट एड्रेस लेकर टारगेट कर सकते हो एफ रिमूव करने के लिए और जबकि ट्वेलकॉम में अगर आपको की मिल जाती है शादी मिल जाती है तो आप देख सकते हो पार्टिसेंट को अपनी मर्जी से जो आपको टारगेट करना है उसको टारगेट कर सकते हो फाइल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है ओनली की चलेगी या तो अगर आपको की भी मिल जाएगी तो अभी देख नहीं सकते पार्टिसेंट को एड्रेस डाल के टारगेट करना पड़ेगा अब हम बात करते हैं पेड टूल की जैसे कि ई हो गया या टूल हो गया या जितने भी टूल्स आते हैं अपनी तो टूल की जो प्रोफेशनल तरीके से वर् करवाते हैं तो कौन से ऐसे टूल्स हैं जो आपको रेड जी करवा के आपकी मर्जी से फार बाईपास करवा सकें तो उसके दो तरीके हैं अभी मैं आपको ओनली एलो टूल में दिखाता रहा हूँ बाकी और भी टूल्स में दिखाऊँगा अगर आपको कोई भी इस टाइप का फ्री टूल मिलता है तो जो आपका ओथ बाई करवा के आपके फोन के जो बाइट चांस उसको रीड करवा सके तो बहुत ज़्यादा बेटर है आप बता देना ग्रुप में मेरे को भी बता देना मैंने ढूंढा लेकिन मेरे को नहीं मिला फ्री का टूल। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा लॉक टूल है अनलॉक में आप जब भी आप का किसी भी टूल ने तो पढ़ा करो क्या बता रहा है अगर बता रहा है सेंडिंग डी ए डी आपको पता है डी एच है तो डी ए नहीं ले रहा भाई तो डी नहीं ले रहा तो आपको दूसरा मॉडल सेलेक्ट करना पड़ेगा या फिर उस टूल में उसका सपोर्ट ही नहीं है अगर ओथ बाई पास बता रहा है ले बी एस बता रहा है तो ली पी एस बॉलॉल करना पड़ेगा ड्राइवर यहाँ से आपको मिल जाएगा यार और इस टाइप से आपको पढ़ के काम करना होता है तो यहाँ पे आपको दो सेक्शन दिखेंगे एक है फ्लैश दूसरा है एम टी के यूनिवर्स फ्लैश में आपको क्या दिखता है यहाँ पे आपको मॉडल सेलेक्ट करना पड़ेगा मॉडल सेलेक्ट करने के बाद और बाई पास मार्क लगाएंगे रेड जी पी करना होगा रीड जी से क्या होगा डी ए फाइनल लगाएगा उसके बाद आपके पार्टीशन आपके फोन के पार्टीशन को रेड करेगा ठीक है डी की सपोर्ट हर मतलब ऐसा नहीं है कि डी सब में हो जबकि ओथ बाईपास हो चुका है ठीक है ओथ तो क्यों ना हम नाम ओथ बाईपास का सारा लें क्योंकि ओथ्स ओथ्स बाईपास करके हम फोन के अंदर पाकिछाकर कर सकते हैं फ्लैश नहीं कर सकते तो हमें फ्लैशिंग के लिए हम डीए का डीए फाइल क्यों डलवाएंगे अनलॉक टूल से तो इसलिए हमें यहाँ पे लॉक टूल में ऑप्शन मिलता है एम यूनिवर्सल ठीक है एम यूनिवर्सल में क्या है ये आपका ओथ्थ बाईपास करेगा डीए नहीं डालेगा यहाँ पर कोई भी मॉडल सेलेक्ट नहीं करना ठीक है दोनों का सेम है यहाँ पर रेड जी पी के ऑप्शन मिला है एम यूनिवर्सल में आपको बोर्ड डिवाइस मिल रहा है जबकि है तो ऑन लॉक लेकिन टैब में फर्क आ गया यह ओथ्थ बाई करके कहेगा ये डीए डाल रहेगा ठीक है तो जो और बाईपास है वो सारे मीडिया टैक का हो चुका है ओनली अभी लेटेस्ट मीडिया टैक है एक से दो सीपीयू आए हैं जिनमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा तो ये रहा हमारे यहाँ पे एमटी टी यूनिवर्सल ठीक है आपको सिंपली रिपार्टीशन से मार कर देना है और बोर्ड डिवाइस पर क्लिक करना है इसमें आपके काम करना मैं आपको दिखा देता हूँ यह अभी इसमें स्क्रीन लौ गया फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ इससे बेटर है कि मैं अभी आपको स्क्रीन लॉक का मैं आपको आप चाहो ना यहाँ से भी फॉर्मेट कर सकते हो लेकिन बेटर है मैं आपको दिखा देता हूँ मेटा में मेटा में बाहर भी रिमूव नहीं कर सकते याद रखना मेटा में सिर्फ फैक्चरी रिसेट कर सकते हो मेटा में आपको रिस्क मतलब मेटा में कोई डी फाइल नहीं डलेगी वो आपके फोन को मेटा में ले जाने के बाद चेक करेगा उसके बाद ही आपके फोन को टारगेट करेगा किसी भी कॉन्डिशन को कभी मैं विवो में हूँ मैंने टेक्नो हो टेक्नो का फोन है ठीक है मैंने टेक्नो सेलेक्ट भी नहीं करा विवो में गया मेटा आपको पता है मीडिया टेक्नो होता है और किसी का भी नहीं होता मैं मैं मैं मैंने यहाँ टारगेट कराँ फैक्चरी रिसाइड में मैंने क्लिक करा उसके बाद मैंने फोन कनेक्ट कर दिया ठीक है वीवो में जाकर मैं मेटा में कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे हमारा फोन ये मेटा में जंप करवाया इसने हमारा सिटी बता दिया MT6761 है, ठीक है हमारा फोन हो गया मेटा में आ गया, मेटा में आने के बाद इसने कंप्लीट जो इसका काम है वो इसने कर दिया यूजर डाटा इसने उड़ा दिया हमारे यहाँ पे स्क्रीन लॉक अनलॉक हो चुका है स्क्रीन लॉक आप अनलॉक कर सकते हो मेटा में याद रखो स्क्रीन लॉक में बहुत ही कम प्रॉब्लम होती है आप किसी भी पेड टूल से अनलॉक कर सकते हो और एस फ्लैश टूल में भी आप यूजर डेटा को टारगेट कर सकते हो किसी भी मीडिया टैक में ठीक है याद रखो यूजर डेटा इसको मैं ऑन कर देता हूँ फिलहाल अगर आपको फ्री वाले टूल से करना है तो आप यहां से फ्री वाले टूल से भी कर सकते हो यहाँ पे आप एड्रेस देख लो यूजर डेटा का और मैन्युअली एड्रेस ले जाए और बाईपास करके काम कर सकते हो लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ये एड्रेस है और अगर कुछ और टारगेट हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है बस इतना रिस्क नहीं है एक दो पर्टेंट रिस्क है अगर ओथ फ्लैश टूल दे मतलब आपको कम से कम इतना रखना है मतलब कुल मा के एक बार चेक कर लेना है कि ऑथ की सपोर्ट है या नहीं अगर ओथ की सपोर्ट नहीं है तो ये काम मत करा करो क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर आपने कुछ हो गया तो फ्लैश नहीं कर पाओगे फोन को क्लैश तो कर दोगे जरूरी नहीं है कि क्योंकि अगर सिक्योरिटी की फाइल नहीं होगी तो फ़ोन क्लेश नहीं हो पाएगा न, मैं आपको प्रैक्टिकल मैं क्लियर करवाँ भाई वाला मैट ठीक है थोड़ा लंबा टोक के तो एक बार फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा चेक कर लिया करो कुछ इस टाइप का काम करने से पहले फोन ऑल राउंड ऐसे फ्लैश टूल में तो कभी भी मत करा करो जब तक आप चेक ना कर लो कि डीए की सपोर्ट है मतलब ओ स्लेश लिखा हुआ है या नहीं है अगर ओ स्श नहीं लिखा तो फॉर्मेट और डाउनलोड रोड फ्लैश टूल में कभी भी मत कर देना भूले से भी और याद रखना फॉर्मेट और डाउनलोड का मतलब होता है सारी इमेज फाइल को डिलीट कर देना सारी इमेज फाइल का डिलीट करने का मतलब आई वी आई ए टू जैड ठीक है तो आपकी नेटवर्क फाइल्स डिलीट हो जाएगी डाटा बेस जाएगा और आई बी आई हो जाएगा तो अभी मैंने पिछा है मैटा में बहुत ईजी है किसी भी फ़ोन को आप कर सकते हो यहाँ पे मेटा के अंदर फैक्चरि की अब हमारा बचता है एफ आर पी बाई करने का तरीका अब आर आई बाई पास आप डायरेक्ट इमेज फाइल टारगेट कर सकते हो यहाँ पे अगर आप ये वाला सेक्शन लोगे से आपको मॉडल सेलेक्ट करना पड़ेगा ये डी ए डालेगा डी ए मिस स्च होने पर डी एडर दे देगा यहाँ पे ओथ बाईपास करके करेगा तो हमें फ़ायदा है ओथ बाईपास में ठीक है यहाँ पे हमें मॉडल भी नहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा और हमें पार्टीशन भी देखने को मिल जाएंगे ठीक है ये हमारा फ्लैशिंग में अच्छा है इस क्योंकि ओथ बाईपास करके आप कम्प्लीट फाइल को फ्लैश नहीं कर सकते एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको अगर आप सोचते हो कि आपका अगर आप अलगपुर में जाते हैं और कोई मॉडल आपको नहीं दिखता तो आप ये मैं सोचा करूँगी इसमें सपोर्ट नहीं है कई ऐसा होता है कि कई टूल अपडेट नहीं करते जबकि उनका सी में वर्क होता है मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको दिखा देता हूँ फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास कोई डिवाइस आया ठीक है अगर आपके पास अगर आप एम से काम कर रहे हो, यूएमटी से काम कर रहे हो, किसी से भी काम कर रहे हो और आपको उसका सीपीयू पता है उसका सीट्यू है एम तो आपको करना क्या है यहाँ पे सिू डालना है लास्ट में लिख है की मोबिल ठीक है की मोबिल एक वेबसाइट है जिस वेबसाइट पर जाकर आप सभी फोन चेक कर सकते हो इस वे चिपसाइट में अब यहाँ पे हमारे एम में जितने भी फोन थे सारे आ गए इस टाइप से वर्क आपको को भी बताएगा ठीक है ये प्रोफेशनल तरीका होता है काम करने का अब इसमें आपको यहाँ पे एम सिक्स सेवन सिक्स वाले प्रोसेसर के सारे के सारे फोन आ चुके हैं फॉर एग्जाम्पल आपके पास है vivo वाई थर्टी है ना आपके पास vivo वाई थर्ट है अब आप, आप सोच रहे हो एम आई टी ने तो दे ही नहीं रखा तो मैं इसको करूं कैसे तो ज़रूरी है वाई थर्टी नहीं दे रहा तो चेक करो वाइट वेल एस होगा वाइट वेल एस नहीं होगा तो इस सेम सिटी होगा कोई भी मॉडल चलेगा ठीक है या आपको सेम सीटी हो सेम ब्रांड कोई भी मॉडल सेम सी होना चाहिए सेम ब्रांड होना चाहिए कोई भी मॉडल किसी में भी सिलेक्ट करके फॉर्मेट कुछ भी कर सकते हो फ्लैशिंग वगैरह फॉर एग्जाम्पल आपके पास आया ओप्पो का फोन ओप्पो का ओपो एट आया अब आप सोचिए ओपो ए तो हमारे मेरे वाले टेल का सपोर्टी नहीं है तो आप ओपो एट वेल करके कर सकते हो इन दोनों का डी होगा और Vivo Y30, Vivo वीवो इस सी में जितने भी Vivo फ़ोन होंगे सबका डी ए होगा ये मॉडल सेलेक्ट करके आप काम कर सकते हो ठीक है डी इस वाले सी में Vivo में इस सी में Vivo के जितने भी फ़ोन होंगे सबका डी सेम होगा इस सी में जितने भी Oppo फोन होंगे सभी Oppo मॉडल का डी ए सीम तो अगर आपको फ्लैचिंग की सपोर्ट नहीं दिखती है तो आप चेक कर लो इस वाले सी में जो आप Oppo मॉडल देख रहे हो वही दूसरा Oppo मॉडल अवेलेबल है या नहीं अगर वो भी नहीं है, तो रिस्क मत लेना ठीक है आई होप में आपको समझा पा रहा हूँ बाकी प्रैक्टिकल मैं आपको ध्यान लगा क्या हम मैंने एक विवो में कराता था उसके बाद यहाँ पर हमारा जो स्क्रीन लोग हैं वो बाईपास हो चुका अब बा करते हैं यहाँ पर एफ की क्या फाइनली आपको एफ आई टाइप से बाईपास करना होता है तो बाईपास के लिए आप सभी को बताइए जितने भी दोस्त होते हैं रेट जी बी हैं लेकिन यहाँ पर हमारे डी की प्रॉब्लम पड़ रही है और यहाँ पर इसमें हमें मॉडल नहीं रखा तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है आप एम के यूनवर्सल में जाओ यहाँ पे रे पार्टी से मार करो बोड डिवाइस पे क्लिक करो और फोन को कनेक्ट करो कोई भी डिवाइस चलेगा मीडिया टैक्ट का कोई भी बिना मोडल सेलेक्ट करें मैंने कर दिया अपने फ़ोन को यहाँ पे कनेक्ट कनेक्ट करते ही ये क्या करेगा कि जितने भी पार्टीशन होंगे सारे के सारे रेड करके आपके आंखों के सामने दे देगा आपका जो मन करे वो आप कर सकते हो ये यह नहीं यहाँ पे सारे पार्टीशन आ रहे हैं क्या करना है यहाँ पे आप किसी पार्टीशन को रेड करना चाह रहे हो रेड कर सकते हो लेकिन अभी हम बात करें ये एफ आर पी री री की तो यहाँ पर एक चीज नोट करना है यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगी जो कि मतलब एक इमज फाइल दिखेगी जो कि है एफ आर पी एम रही हमारी एफ की बिन फाइल थी एम एच फाइल बोलते हैं भी ये है आपकी एफ़ अब आप, आपको एफ आर पी लू करना है राइट क्लिक करना है यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा फॉर्मेट का फॉर्मेट करते ही आपका एफ आर पी जो है बाईपास हो जाएगा मतलब खत्म हो जाएगा बिल्कुल और इरेज़ करोगे तो ये पार्टिसन से डिलीट हो जाएगा मतलब ये जो इमेज फाइल होगी डिलीट हो जाएगी हमेशा के लिए तो हमें ऐसा तो करना है नहीं क्योंकि हमें कस्टमर का फोन है कोई इमेज फाइल में उड़ानी नहीं है तो हमें क्या करना है राइट क्लिकना है राइट क्लिक करने के बाद जो भी इज फाइल आपको टारगेट करनी है चाहे जो डे जाएगी स्क्रीन लोक किया हो या कोई भी इमाला को टारगेट करनी हो राइट क्लिक करना है ठीक है राइट राइट क्लिक करना है राइट किक्क करने के बाद आपको फॉरमेट कर देना इरेज़ करोगे तो टोल इमेज फिल खत्म हो जाएगी तो हम एफ को टारगेट करना है ये हमारी ए फाइल फॉरमेट करा और उसके बाद ठीक है यहाँ पे आपका एफ जो है वो बाईपास हो चुका है खत्म ए आर पे कर देना है सिंप्लिकली तो इस टाइप से आप मेरे टाइप में तो पेड टूल के साथ आप पार्टीशन रीड करके काम कर सकते हो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हमें कहाँ पे आती है ट्वेल्वकम में मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है फ्री वाले टूल्स में पेड टूल में तो अपन दे देते दे हैं बहुत सारे टूल्स देते दे हैं कि पार्टिशन को रीड कर सो अंदर पार्टीशन के घुस सो जबकि एसीडी टू आपको अगर हमको ये वाला ऑप्शन दे देता कि हम पार्टीशन के अंदर घुस पाते तो और पास एम सी टी वाई पास कर लेते और अपनी मर्जी का पार्टिसन जो हमें फॉर्मेड करना होता कर लेते हैं फाइल भी डाउनलोड नहीं करनी पड़ती एड्रेस भी नहीं निकालना पड़ता नेट से तो एड्रेस निकालने के लिए आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी आप डाल सकते हो स्क्रीन एफ आई फाइल डाल सकते हो स्क्रीन लोग फाइल डाल सकते हो अगर आप अपनी एमबी बना चाहते हो मिल जाती है तो ठीक है नहीं तो कंप्लीट फ्लैश फाइल लोड करनी पड़ेगी ये एड्रेस है ये सही है या नहीं ये नहीं कह सकते ये आप अगर गलत होगा तो एडर बता देगा और गलती से अगर किसी और पार्टिस को टारगेट करके उड़ा देंगे तो बात अलग है तो इस टाइप से आप एस स्लास्स टू से एफ आर पी कर सकते हो किस टाइप से एस स्स टू से करना यह आने वाली अपमिंग वीडियो में आपको मिल जाएगा किसी मॉडियल में और बाकी बताने का मतलब यही है कि आपका जितना भी काम होता है वो होता है इनके थ्रू आ, ये और फाइल थी वो फाइल आपको अलाउ करती है कि आप अंदर फोन के घुस के चेक कर सकते हो सारी फाइल्स को उड़ा सकते हो रेड कर सकते हो डीट कर सकते हो जबकि डाउनलोड एजेंट आपको अलाउ करता है कि आप कंप्लीट सही तरीके से लीगल तरीके से फ़ोन की सिक्योटी को देखते हुए फ्लैच कर सकते हो प्रोग्रामर फायर हॉस आपको अलाउ करता है प्रोग्राम फ्री टूल हमें क्यों फी मिलता है केलगकम में क्यूटी एस टी में आप पार्टीशन रेड करके अपनी मर्जी का टारगेट कर सकते हो जबकि मीडिया में आप अपनी मजर्जी का टारगेट फ्री वाले टूल्स नहीं कर सकते पेट वाले टूल्स में आपको करके दिखा दिया ये सारे पार्टीशन है फार्किंग आपके फालती फाइल यूज़र डाटा में आपकी यूज़र डाटा फाइल तो बताने का मतलब यही है कि आपकी फाइल आपके जो फोन में कुछ फाइल्स होती हैं इमेज फाइल्स होती हैं उनको टारगेट करना होता है उसके बाद ही आप अपने फ़ोन का स्क्रीन लॉक हो या फिर एफ आर हो उस टाइप का आप कर सकते हो तो ये जी टी यूनिवर्सल टूल है ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है इस टाइप से आपको कोई भी नहीं बताएगा और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको लगता है यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे आपके पास कोई vivo का फोन आया ठीक है और आप इस पर क्लिक करते हो और आप यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे एरे से का तो नहीं रहा और एक बार ऐसी जैसे नीचे के हाइड है ना एक बार ऐसी हाई आपको देखता है अनलॉक में ये किसी भी रूल में तो आप यहाँ पर सी डी चेक करो स्नपेप ड्रैगन यहाँ पर हमारा स्नैप ड्रेगन है एट सिक्स फाइव तो यहाँ चेक करो स्नेप ड्रेगन एट सेम सी वी वाला स्नैप ड्रैगन आप सी पी डूट लोक सभी एट सिक्स फाइव ये भी सेम रहेगा वो भी सेम रहेगा किसी में भी आप कोई भी मॉडल को कर सकते हो सेम सी पी हो में Vivo में सेम सी पी ओ में MI में सेम सी पी हो में Realme में किसी भी डिवाइस में सेम सी पी ओ और सेम ब्रांड ठीक है याद रखना ये बहुत ज़्यादा मतलब काम की जानकारी आपकी बाकी मैं आपको आपने पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कभी भी अगर आप अपने फोन को फ्लैश करते हो फ्लैश करते में अगर आपका फोन डेड हो जाता है तो डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप अपने फोन को फ्लैश कर रहे हो फ्लैश करते में अगर आपका मीडिया का फोन डेड हो गया मैं आपको एक चीज दिखाता हूं अगर आपका फोन डेड हो गया गुरल की वजह से तो आप यह मैं सोचना कि अब इसका ओर फ्लैश सपोर्ट ही नहीं ये कैसे होगा क्योंकि यहाँ पे आपको डरने की जरूरत जब जब आप फॉरमेट करोगे फॉरमेट मतलब है कि ये सिक्योरिटी फाइल होती है आपको दिखाता हूँ शायद टेक्नो ने सिक्योरिटी फाइल्स मेरे को पता नहीं रखना कि मे फाइल सिक्योरिटी फाइल कौन सी है ये शायद सुपर की है तो शायद ठीक है तो याद रखना कि आपने ये सारी फाइल्स खो दी हैं अब उसके बाद आप नहीं कर पाओगे जबकि आपने अगर रॉन्ग फ्लैश फाइल को फ्लैश कर दिया अपने फोन में तो आपको डरने की जरूरत नहीं आपका फोन डेड भी हो गया और मेरे रेड का बना रहा तो आपको नए पोर्ट में कनेक्ट करना है कनेक्ट करने के बाद जो भी फाइल आपके लिए एर बता रही है उसको अनमार करके दोबारा से दूसरी फ्लैश फाइल को फ्लैश कर देना है सही तरीके से तो जो भी फाइल एरर बताएगी इसको एंटिक कर देना है और आपका फोन ऑन हो जाएगा आपको डरने की ज़रूरत जब है जब अपने फोन को फॉर्मेट ऑल डाउनलोड कर चुके हैं फॉर्मेट ऑल का मतलब ये सारी इमेज फाइल उड़ा चुके हो तो ये इमेज सिक्योरिटी इमेज फाइल आपकी नहीं आएगी जब तक तो डी सपोर्ट नहीं होगी ठीक है डी सपोर्ट होनी चाहिए अगर डी सपोर्ट नहीं है किसी टूल की किसी भी टूल में किसी भी मॉडल की तो आप अपने फोन को कैश नहीं कर पाओगे अगर फॉरमेट ऑल डाउनलोड कर चुके हो आई होप मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको सही बता पा रहा हूँ और आप समझ पा रहे हैं क्योंकि बाकी जब और ज़्यादा प्रैक्टिकल आएंगे तो आप क्लियर आपका होता जाएगा तो यहाँ पे मैंने आपको ये टेक्नो का तो मॉडल दिखा दिया आप, आप सोचोगे कि भाई टेक्नो में ये एमटीके टी का यूनिवर्सल काम करा कि तो सभी डिवाइस में करेगा नहीं करेगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी फॉर एजाम्पल ये मेरे पास है दूसरा डिवाइस रियलम का रियलमी सिक्सटी डिवाइ है हाई सिकोरिटी डिवाइस है ठीक है लो सिकोरिटी डिवाइस यही नहीं है रियलम सी और रियलम में आप तो बताइए कि सिक्योरिटी काफ़ी हाई होती है मैं आपको इसके अंदर भी मैं आपको दिखाऊँगा किस टाइप से आप पार्टीशन रेड करिए जो आपकी मर्जी का पार्टीशन है उसको टारगेट कर सकते हो शायद इसकी बैटरी भी डाउन है ये करा मैंने बहुत डिवाइस पर क्लिक उसके बाद मैंने वाली बस मैंने स्पै करा रिय लगा दी मैंने डाटा केवल ठीक है मेरे डेटा का पोट आया और उसके बाद ये प्रियलॉडर वाला इसने फाइल डाली एक और यहाँ पे और बाई करके डन ठीक है अब यहाँ पे आपका जो मन करे एफआरपी आर करना हो एफआरपी को टारगेट करो जो डेटा को टारगेट करो लेकिन समझ समझिए ठीक है ज़्यादा फाइल किसी भी फाइल में तोड़ा देना एफ वाली फाइल एफ आर करना एफ आर पी फाइल को टारगेट करो एफ hmm, ये रही तो यहाँ पे देखो ये रही हमारी हमारे एफ आ पी वीफाई और इसको हम सिंपली यहाँ पे करके फॉर्मेट कर देंगे तो इसका भी एफ आई रिमूव हो जाएगा और एफ आई लगा हुआ होगा तो ये जो एम टी के यूनिवर्सल है मैं अभी रिबूट कर रिपूट ये जो एम टी के यूनवर्स है ये सबसे काम करता है और इस टाइप से आप और वाई पास करके फोन के पार्टिश्स को झाक सकते हो और उसके बाद जो आपका मन करें किसी को भी टारगेट कर देगा उसको आप टारगेट करके रिमूव कर सकते हो तो ये था पेड टूल अ बाकी में फ्री टूल के मैं भी मैं आपको बता दूँगा किस टाइप से आपको मीडिया टैक में और ये जितनी भी फाइल्स होती है ना कि अगर आपको इसके थ्रू काम नहीं करना है पेड़ टूल आपको फ्री टूल के थ्रू करना है तो ये आप जितनी भी फाइल होती निकाला करो एटलीस्ट इनकी जो स्केटर फाइल्स होती है वही से प्री लॉर्डर फाइल्स होती है मैं आपको बताऊँ ने फोड़ी मैं उनको सेव करके रखा करो ताकि आपको किसी भी कभी मोबाइल आए तो आप झटपट बिना कोई टू लॉग करें मीटिया का फॉर्मेट करके और फारी बाई करके दे सको कोई भी मेरा टाइप ठीक है एम बाईपास से ओथ बाईपास करना है बाकी नेक्स्ट मॉडल मैं आपको कोशिश करूँगा बाकी ये सारी जानकारी कवर करवाने की तो भाई आई होप कि मैं आपको बता पाया हूँ कि, कि किस टाइप से ओथ बाईपास काम करता है डी का क्या कलग्रदम होता है आपको टूल्स में चेक करना है कि क्या कौन सा कोई भी रूल कौन सी वाली फाइल डालना है डी एड डालना ओथ भाई पास करके काम करना कर है तो इस टाइप का फोन के कर सकते हो मेरे टेक और जो आपका मन करे उसको टारगेट कर सकते हो कल मैं मैं मैं आपको ऑलरेडी एम आई में ट्राई करवा चुका था एफ आर पी वापास में इजी है अगर आपको प्रोग्रामर की फाइल्स मिल जाती है तो आप काम कर सकते हो और मैं मैं दिखा देखता हूँ प्रोग्रामर की फाइल आपको निकालने का तरीका प्रोग्राम और डी एफ आइस बहुत आसानी तरीके से बिना किसी टोंगल के भी निकाल सकते हो एक आप एम आई लेटेस्ट जो भी एम आई आउ होगा डाउनलोड कर लेना है डेटा में जाओगे डेटा में जाने के बाद आप यहाँ पे हो एम टी के एम एपक सारी डी एफ मिल जाएंगी कई डी एफ आपको मॉडल के साथ मिल जाएंगे यहाँ पर हो एफ और यहाँ पे Vivo के बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएंगे ये सब की एफ आइज है यहाँ पे आपको सी के थ्रू भी डी एफ मिल जाएगी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो ये डी एफ आप यूज़ कर सकते हो एक्सी फ्लैश टूल में बाकी आपको केलकम में जाओगे तो में जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ क्यूफी में आप मैन्युअली टारगेट कर सकते हैं फिर आपको एयटेक्स जाता है और आई और बहुत सारे मॉडल्स हैं यहाँ पे अगर मालूम आपके पास कोई भी डिवाइस आता है यहाँ पे अगर आपके पास आया है वाई सेवेंटी फाइव विवो का आपके पास आया है वीवो वी तो आप यहाँ से ये प्रोग्रामर फायर से अपनी क्यूफी वाले टूल को देख सकते हो यहाँ से और अपने हिसाब से एमआई अकाउंट रिमूव करना हो तो एमआई अकाउंट को टारगेट कर सकते होते होते होते होते हो एफ आर पी रीव करना तो एफ पे को टारगेट कर सकते हो जैसे एम आटी आपको ये काम नहीं कर पाते फाइल्स रखने के बाद ही और आप इन फाइल्स को अगर आपके पास होगी फिफ्टी प्रो आया तो आप ये वाली प्रोग्राम फाइल फिल हो और हंड्रेड परसेंट वर्क करिए कि एम आर लेटेस्ट है ठीक है तो आई होप ग मैं आपको बताया हमें हम डिटेल में कि किस टाइप से वर्क करना होता है और यही टाइप का मॉडियल उम्मीद करता तो हूँ मॉडल हेल्पफुल रहेगा